दोस्तों ये है देख सकते हो रैपिड रेल अब ये मार्च से स्टार्ट हो जाएगी चलना ये देखो कुछ ये सीन है यहाँ का रैपिड रेल का दोस्तों तो हेलो एवरीबॉडी कैसे आप सब आई होप अच्छे होंगे मैं केपी संत आप सभी का न्यू वीडियो में स्वागत करता हूँ दोस्तों और अभी हूँ मैं दोहाई स्टेशन जो बनाया जा रहा है आर आर टी आर का उस पर तो देख सकते हो पहले यहाँ पर टूटा फाटा रोड था अब इन्होंने रोड भी बना दी है और ऊपर का जो इन्होंने फ्लोरिंग किया था अब उसकी सेटरिंग उतारी जा रही है और आपको बता दें ये लेफ्ट हैंड पे देख सकते हो इधर ये ड्रेनेज सिस्टम बना दिया जा चुका है और उसके बाद में ही इन्होंने ये रोड बनाई है तो आज मैं आप लोगों को दिखाने वाला हूँ दोहाई डिपो और दुहाई का जो डिपो के अंदर जो स्टेशन बनाया वो भी तो आप बने रहो इस वीडियो के एंड तक और दिखाते हैं आप लोगों को वीडियो और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए के पी को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो तो ये देख सकते हो दोनों लाइन एक तो डिपो में चली जाती है लेफ्ट वाली और राइट वाली सीधी चली जाती है मेरठ के लिए तो यहां से हम हो जाते हैं लेफ्ट और दिखाते हैं आप लोगों को दुहाई डिपो ये हम चल रहे हैं दुहाई डिपो के अंदर गाइड तस्वीरें देख सकते हैं यहाँ पर कितना चौड़ा रोड बना दिया जा चुका है और आपको बता दो ये हमारे एनसीआर का गोल चक्कर है यानि कि ईस्टर्न पेरीफेरल ये देख सकते हो ये सामने ये ईस्टर्न पेरीफेरल है और ये चला जाता है आपका हर जगह के लिए ये जाता है तो यहां से हम चलेंगे इसके किनारे किनारे पे और आगे आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा दुहाई डिपो तो पहले तो दिखाएंगे दोहाई डिपो का स्टेशन कि उसमें कितना कुछ वर्क हो चुका है कंप्लीट तो वो भी आप लोग इस वीडियो में देखेंगे और फिर उसके अंदर लेके चलेंगे डिपो के अंदर कि डिपो में क्या क्या बर्क चल रहा है वो भी आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा तो ऐसे ही इंटरेस्टेड वीडियोस देखने के लिए केपी संत के चैनल पर दोस्तों केपी संत को ज्यादा से ज्यादा लाइक शेयर करो ज्यादा से ज्यादा और कमेंट करके हमें नीचे बताओ कि वीडियो कैसा लगा आप सभी को तो देख सकते हैं यहां से ये यह लाइन स्टार्ट हो गई और ये ईस्टर्न पेरीफेर को क्रॉस कर रहा है तो तस्वीरें आप लोग देख सकते हो कुछ ये है नजारा यहाँ का ये देखो ये ईस्टर्न पेरीफेर को क्रॉस कर रहा है आर और दुबई डिपो के अंदर आज मैं लेकर आया हूँ तो आज आप लोगों को लेकर आया हूँ करीब पंद्रह बीस दिन के बाद में और 15-20 दिन के बाद में आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि कितना कुछ वर्क यहाँ पर हो चुका है कंप्लीट। तो वो सब कुछ आप लोगों को इस वीडियो में देखने के लिए मिलेगा तो सामने आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ये ट्रैक स्लैब ये सामने रखे हुए हैं तस्वीर आप लोग देख सकते हो तो मैं दिखाता हूँ आपको ऊपर के कैमरे से तो देखो ये सारे ट्रैक स्लैब रखे हुए हैं यहाँ पे ये देखो ये सारे ट्रैक स्लेब यहाँ पर रखे हुए हैं और यहीं से ट्रकों में लोड होकर ये ऊपर जाते हैं जैसा मैंने पिछली वीडियो में दिखाया आप लोगों को दुहाई के अंदर तो देख सकते हो ये सारे में ट्रैक स्लेब ही रखे हुए हैं ये देखो और इधर इन्होंने ये रोड भी बना दी है ये देखो पहले बहुत ज़्यादा टूटी टाटी थी तो इसलिए और उधर की भी बनाई जाएगी अभी उधर की रोड नहीं बनाई है इन्होंने तो आप लोग ट्रैक स्लेब देखो और उसके उस तरफ है ये ईस्टर्न पेरिफेरल तो यहाँ पर देखो प्लांटेशन की जा रही है इस बीच के डिवाइडर पे दोस्तों और यहाँ पर ये इलेक्ट्रिक सिटी की जो वायरिंग है वो भी यहाँ पर कंप्लीट कर ली जा चुकी है कुछ ये नज़ारा है यहाँ का देखो यहाँ पर ये टीम आप लोगों को वर्क करते हुए मिलेगी और यहाँ पर यह मिक्सचर प्लांट है इनका दवाई डिपो में देख सकते हो आप लोग देखो यहाँ पर ये सारे जितने भी जो आपको बता दो जो सेफ्टी बोर्ड थे वो देखो उठा उठा कर भी यहाँ पर ला रहे हैं ये रखते जा रहे हैं सेफ्टी बोर्ड तो यहाँ पर ये एलिवेटेड पार्ट खत्म हो जाता है और अब इसका रैंप आ जाता है ये देख सकते हो पूरा ही नज़ारा आप लोग देखो आज इस वीडियो में और आप लोगों को क्लियर करके बताएंगे लेकिन वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जाएगा दोस्तों तो आप लोग देख लेना लेकिन मैं आप लोगों को इंफॉर्मेशन पूरी देने की कोशिश करता हूँ तो इसका रैम्प यहाँ पर देखो ये ख़त्म हो गया अब और देखो ओवरहेड हेड इक्वमेंट वायरिंग सारा कुछ काम यहाँ पर कंप्लीट है और अब इस पर आपको बता दो रैपिड रेल इस पर ट्रायल रन स्टार्ट हो जाएगा इस पर दौड़ने लगेगी अब रैपिड रेल दोस्तों तो यही वर्क चल रहा है सारा काम यहाँ पर कंप्लीट सही हो चुका है लगभग तो इस पर अभी देख सकते हो यहाँ पर ये गाड़ी गाड़ खड़े हुए हैं और दुहाई का स्टेशन आप लोगों को ये देखने के लिए मिलेगा दुहाई डो का जो स्टेशन है वो यहाँ पर ये रहा तो देख सकते हो यहाँ पर यह सारा कंस्ट्रक्शन का ही सामान रखा हुआ है दोस्तों ये देखो क्योंकि इन्होंने स्क्रीन डोर भी पहले ही लगा दिए थे पहले ही लगा दिए थे इन्होंने स्क्रीन डोर्स और जो बाहर आपको बता जो दीवारों पे देख सकते हो ये पत्थर लगाए जा रहे हैं चिपकाए जा रहे हैं किस तरीके से ये लगाए जा रहे हैं देख सकते हो ये टीम दोबारा यहाँ पर वर्क हो रहा है और ये यहाँ पर स्टेयर बनाई है जो कि पहले नहीं थी उस पर भी इस्टेयर बनाने का भी काम चल रहा है तस्वीर आप लोग देख सकते हो यहाँ से देखो वो स्क्रीन डोर लगाए इन्होंने देखो वो अंदर स्क्रीन डोर पहले ही लग चुके लग चुके हैं और यहाँ पर ये जो एंट्री एग्जिट पॉइंट है उसको बनाया जा रहा है और इन्होंने मार्गल मार्वल का पत्थर भी लगा दिया है अब इस पर आपको बता दूँ कि ये स्टेयर के ऊपर ये तीन सेट लगाया जाना है उसका कंस्ट्रक्शन चल रहा है और इधर ये दीवार देख सकते हो इस कुछ ये सीन है यहाँ का देखो टीम लगी हुई है इस पे वर्क कर रही है और दोनों साइड में ये बनाया गया है दोस्तों देखो अपनी आंखों ये, कुछ ये सीन है यहाँ का तो ये इस तरीके से ये इन्होंने स्टेयर बनाए हैं यानी कि एंट्री और एग्जिट पॉइंट बनाया है यहाँ का ये दोहाई डिपो का जो स्टेशन है आरआरटीएस का वो उसका नज़ारा है और ऐसे ही वीडियोज देखने के लिए के संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत बेल आइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोस के संत के चैनल पर दोस्तों देखते रहो कंटिन्यू क्योंकि के संत आप लोगों के बीच में लाता रहता है और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है तो देख सकते यह है बिकनपुर विलेज यह बिकनपुर के लिए चला जाता है और ये सामने का गेट है दुहाई डिपो का और वहाँ पर दुहाई दौग, दौग, डिपो और ये दुहाई स्टेशन दुहाई डिपो का स्टेशन आर का ये बिल्कुल कंप्लीट हो चुका है बन के दोस्तों देख सकते हो ये दीवारों पर जो बाहर पत्थर लगाने का काम चल रहा है तस्वीर आप लोग देख सकते हो अपनी आँखों से देखो किस तरीके से ये पत्थर लगाए जा रहे हैं ये तो यहाँ पर बिल्कुल काम कम्प्लीट ही हो गया है तो चलते आप अंदर इसके दोहा डिपो के अंदर चलते हैं और फिर आप लोगों को दिखाते हैं चल के देखो इधर रोड लोलर चल रहा है ये देख सकते हो कुछ इस तरीके से ये है रोड को बना रहे हैं शायद हाँ ये रोड को ही स्टेंड किया जा रहा है ये देखो कंक्रीट इसको बिछा रहे हैं इसको दबा रहे हैं ये ट्रक ये देखो रोड रोड तो इधर ये नई इन्होंने रोड बनाई है दोस्तों तो चलते हैं और दिखाते हैं आपको दुहाई डिपो के अंदर चलते हैं अब कुछ ये सीन है यहाँ का तो इसमें वायरिंग का भी काम चल रहा है इधर दोनों साइडों में ये बिक्कनपुर ब्लेज है दोस्तों तो डिपो ये बिक्कनपुर और दहाई के बीच में आता है तो यही वर्क चल रहा है अभी दोहाई डिपो के अंदर देख सकते हो आप लोग तस्वीरें दोनों साइड में देखो उधर भी इधर भी आप लोगों को तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा अच्छा लगा हो फिर भी कमेंट करें खराब लगा हो फिर भी कमेंट करें दोस्तों देखो हम चल रहे हैं इसके अंदर और अंदर चल के आप लोगों को दिखाते हैं कि आर कहाँ खड़ी हुई है तस्वीरें देख सकते हो इधर ये प्लांटेशन की जा रही है इधर सारे में ही प्लांटेशन की जाएगी दोस्तों और देखो ये टीम आ रही है ये देखो ये ट्रैक पहले ही इस आपको बता दूं कि यहाँ पर रेपिड रेल खड़ी हुई थी पहले तो चलते हैं और आप लोगों को दिखाते हैं अंदर का सीन कि क्या है नज़ारे और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करें ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया अभी तक तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत वेलाइकन लगा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा और ऐसे ही वीडियोज़ देखते रहो के पी संत के चैनल पर दोस्तों के पी संत लाता रहता है और आप लोगों को इंफॉर्मेशन देता रहता है मेरे प्यारे दोस्तों तस्वीर आप लोग देख सकते हो इधर शायद इन्होंने बंद कर रखा है ये बंद किया हुआ है इधर से जगह ही नहीं है अब क्या किया जाए अब हमें वापसी चलना पड़ेगा दोस्तों तो वापसी चलते हैं फिर आप लोगों को दिखाते हैं चल के तो यहाँ पर ये सीन है दुहाई डिपो का ये दवाई डिपो है देख सकते हैं यहाँ पर कंस्ट्रक्शन का समा अभी बर्क चल रहा है तो आप लोगों को मैं दिखाऊंगा चल के दूसरे गेट से चलते हैं आप लोगों ने देख ही लिया है दवाई डिपो का स्टेशन जो कि बिल्कुल कम्प्लीट काम हो चुका है इस तो पर तो हम चलते हैं इधर से से और फिर आप लोगों को दिखाएंगे दोस्तों देखो ये हम चल रहे हैं अंदर अब आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा कि यहां पर सारे में ही ये बर्कर काम कर रहे हैं दोनों साइडों में देख सकते हो वो लगे हुए हैं ओवरहेड वायरिंग का काम कर रहे हैं दोस्तों तो यही सारा वर्क चल रहा है अभी इस टाइम पे दवाई डिपो के अंदर दोस्तों देखो टीम आप लोगों को नजर आएगी हर जगह क्योंकि टीम लगी हुई है और इसमें देख सकते हैं स्ट्रीट लाइट भी लगाई लगा दी जा चुकी है स्ट्रीट लाइट इन्होंने लगा दी है पूरे में पूरा ही वर्क यहां पर मतलब कंप्लीट होने की कगार पर ही है तो जल्दी ही कंप्लीट हो जाएगा दोस्तों देख सकते इसमें सारे में ही इसमें वायरिंग का काम चल रहा है अभी इस टाइम पे ये देख सकते हो ये पटरियों को करा जा रहा है लेवल में तो सारा ही काम इसमें कंप्लीट हो गया है लेकिन अभी उधर से इन्होंने बंद कर दिया था तो अब हम इधर आ गए हैं तो आप आप लोगों को आगे से ही दिखाते हैं तो ये देख सकते हो ये एनसीआरटीसी का ऑफिस है मेरा लेफ्ट वाला और राइट वाला ये साइड है जो इसमें रेपिड रेल खड़ी होगी जो मेंटेनेंस का काम है वो किया जाएगा दोस्तों देखो और इधर खड़ी हुई है ये आरआरटीएस ये धाम ने देखो ये खड़ी है आरआरटीएस इधर की साइड में तो आप लोगों को आगे दिखाएंगे दूसरी भी आर आर पर खड़ी हुई है वो आप लोगों को देखने के लिए मिलेगा ठीक है दोस्तों तो आप लोग बताना देखो सारे में ही जी भी चल रहा है यहाँ पर ये टीम लगी हुई है वर्क करते हुए तो काम चल रहा है अभी तेज़ी के साथ में ये यहाँ पर ट्रैक इन्होंने बिछाया जा रहा है आगे की साथ में स्टैंड किया जा रहा है तो यहाँ पर अलाउ नहीं है दोस्तों आप लोगों को बता दो अगर मैं बाइक से आता तो अलाउ नहीं करते या आने ही नहीं देते अंदर तो आप लोग बताना कि वीडियो कैसा लगा और ऐसे ही वीडियोस देखने के लिए केपी संत को लाइक शेयर कमेंट करो ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कर लेना नीचे है रेड कलर का बटन उसे प्रेस कर देना तुरंत तो बेलाइकन बजा देना चैनल सब्सक्राइब हो जाएगा